ज़रा मेरे हालात क्या बदले वो अपनी औकात दिखा रहे हैं जिन चिरागों को तूफ़ानों से बचा के रखा था मैंने जिन चिरागों को तूफानों से बचा के रखा था मैंने वही मेरा घर जला रहे